अब मैं चाहता हूं आउटलुक के साथ लिंक करना तो अभी भी मैंने आपको समझाया कि हम न्यू मेल में लिंक करते हैं न्यू मेल में गए पेस्ट स्पेशल और लिंक कर दिए बट कहानी वहीं पर है कि जब मैं डेटा को अगर यहाँ लिंक कर कॉपी करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाके मैं यहाँ एक में, पेस्ट पेस्ट स्पेशल में गया और लिंक यहाँ पर पे पेस्ट ऐजे लिंक कर दिया मान लीजिए पेस्ट ऐजे लिंक कर दिया अब मैंने आपको मेल भेज दी तो क्या मैं अपने यहाँ चेंज करूँगा और आपके यहाँ चेंज हो जाएगा बिल्कुल नहीं जैसे ही यहां से मैं सेंड करूँगा मेरी एक्सेल के साथ किसी तरह की लिंकिंग नहीं रहेगी तो फिर क्या बेनिफिट होगा हम एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हर बार हम मेल जो जनरेट करेंगे दही होगा क्योंकि मेरा सेंड आइटा भी तो चेंज नहीं होगा ना आपके पास इनबॉक्स में चेंज होगा तो इसका यूज हम लोग करते थे बहुत अच्छा यूज करते थे क्या होता था कि जब मैं एक कंपनी में मार्केटिंग टीम में काम करता था सेल्स टीम में काम करता था तो हमें उनको हर घंटे एक सेल्स अपडेट भेजना होता था अभी डेट जब भी जो भी सेल्स होता था वो मेरे एक्सेल फाइल पे आता था एक्सेल फाइल्स पर मेरा पीबर्ड बनता था और उस पीबर्ड को मुझे हर घंटे मेल बॉडी पर पे पे पेस्ट करके भेजना होता था तो हर घंटे मुझे यहाँ एक मेल कंपोज करना होता है कुछ इस तरह से सीसी में उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डालना होता था कि सेल्स अपडेट यहाँ पे देना लिखना होता था जो लिखते हैं ना डियर सर मैम वगैरह वगैरह रिस्पेक्टेड वगैरह जो भी लिखना होता है आ, विलो आर सेल्स फॉर्मेट सेल्स अपडेट करते थे अपडेट और यहाँ पे हम क्या करते हैं पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं लिंक कर दिए और उसके बाद यहाँ रिगार्ड वगैरह देना है रिगार्ड वगैरह दे दीजिए अब मुझे इस मेल को हर घंटे भेजना है एवरी आवर तो अब मैं यहाँ पे सेंड नहीं करूँगा सेंड करने से पहले इस पूरे मेल को सेव करूँगा कहाँ सेव करूँगा ध्यान से देखिएगा आप लोग हमने मेल तैयार कर लिया सब कुछ रेडी है हमने पेस्ट से पिक्चर लिंक कर दिया अब सेंड करने से पहले मुझे करना है इसको सेव एज फाइल में सेव एज सेव एज, सेव एज में यहाँ जो हम पे सेव एज टाइप है जो फाइल का टाइप है वहाँ पे आउटलुक टाइम प्लेट सेलेक्ट करना है ध्यान रखिएगा क्या सिलेक्ट करना है आउटलुक टाइम और इसके बाद एक लोकेशन चूज कर लीजिए जहाँ आप सेव करना चाहते हैं और देन स yes, कर दीजिए सेव कर दीजिए यस yes, यहाँ पे यस yes. उसके बाद अब इसको मैं सेंड कर सकता हूँ अब मेरा एक घंटे बाद मेरा डेटा चेंज हुआ अब चेंज क्या कर रहा हूँ मैं उसको ब्लू कर देता हूँ और नाइन्टीन को मैं 91 वन कर देता हूँ राइट अब मैं वापस जब मुझे मेल करना होगा तो आप देखेंगे कि मेरे सिस्टम पर डेस्कटॉप पर मेरे पास इस तरह का सेल्स अपडेट का इस तरह का आइकन आ गया जस्ट मुझे इसको डबल क्लिक करना ये पूछे कन्फर्मेशन पूछेगा यस करना यस करते ही जो मेल कंपोज होके आएगा वो पूरा का पूरा रेडी होके आएगा एवरीथिंग मुझे जस्ट इस सेंड पे, पे क्लिक करना है तो एवरी टाइम आपका मेल जो है टाइम बचेगा तो इस तरह के टाइम प्लेट रिपोर्ट के टाइम आप तैयार रख सकते हो ताकि आपको टाइप पैक करने की जरूरत न पड़े और आपका काम क्विकली हो जाए